पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर तंज कसा दिग्विजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में आजकल तीन तरह की भाजपा चल रही है एक शिवराज भाजपा दूसरी महाराज भाजपा और तीसरी नाराज भाजपा और इसी चक्कर में भाजपा चुनाव बुरी तरह से हारने वाली है दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस में कोई अंतर नहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सिंगरौली पहुंचे जहाँ उन्होंने कहा की भाजपा इतने साल से शासन कर रही है फिर भी प्रदेश में भ्रष्टाचार महिलाओं के खिलाफ दुराचार चरम सीमा पर है जनता ने भाजपा की नाकामी को देखते हुए कांग्रेस की सरकार बनाने का प्रण लिया है इस बार कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश में बनेगी दिग्विजय सिंह ने कहा कि सिंगरौली में सभी लोगों को एकजुट होकर कांग्रेस को जिताना है साथ ही दिग्विजय सिंह ने पार्टी से विश्वासघात करने वाले नेताओं पर कहा कि इस बार पार्टी सतर्क है किसी भी तरह की पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाएगा दिग्विजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में तीन किस्म की भाजपा है एक शिवराज भाजपा दूसरी महाराज भाजपा और तीसरी नाराज भाजपा बात साफ है कि इस मामले में किसको टिकट मिले न मिले ये पार्टी जरूर तय करती है लेकिन पार्टी भी अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देखती है रणनीति ये है कि ठोट बाजार की विधायक कैसे बनाएगी? कि राजा महाराजा तो बिक गए आदिवासी मना नहीं बिका दलित नहीं बिका एमएलए बड़े बड़े राजा महाराजा बिक गए ऐसे लोगों को टिकट दिया जाएगा जो टिकाऊ हो